हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स आज मैं फिर आपके सामने ब्लॉग वीडियो ले आया हूं, आज मैं आया हूं बनैर शरीफ आप देख सकते हैं इस दरगाह शरीफ की जीरत कर सकते हैं आज मैं आया हूं आपके सामने बनैर शरीफ सो मेरी वीडियो को शुरू होने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर तो फ्रेंड मैं वीडियो को चालू करता हूं तो मेरी वीडियो को पूरा देखें थैंक यू वेरी मच